दोस्तों जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है उसी तरह अगर बाज को आकाश का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि दोस्तों बाज में धरती पर पाए जाने वाले सभी पक्षियों से बेहद ही अलग खासियत मौजूद होती है जिसके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले साथ ही आपके अपने चैनल रहस्य नेचर को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों बाज बेहद ही खुखार किस्म का शिकारी पक्षी है जो छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों को आसानी से अपना शिकार बना लेता है बाज के खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात ऐसी लगा सकते हैं की जब बाज को कोई शिकार दिखाई पड़ता है तो वह उसका पीछा तीन किलोमीटर की रफ्तार से करता है और यह रफ्तार धरती पर पाए जाने वाले सभी पशु पक्षी यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है इस रफ्तार का मुकाबला करने की क्षमता चील और गिद्ध जैसे विशालकाय पक्षियों में भी नहीं है बाज भले ही चील और गिद्ध के मुकाबले बेहद ही छोटा और कम वजनी होता है लेकिन इसके शरीर की बनावट को कुदरत ने इस कदर तराशा है जिसकी खासियत धरती पर मौजूद किसी भी पक्षी को मात दे दे जिसकी बदौलत यह ज्यादा देर तक हवा में बिना पंख हिला ही रह सकता है इसके पंखों की खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह एक बार उड़ने के बाद बिना रेस्ट किए पांच घंटे तक हवा में लगातार रह सकता है यू तो हमारी दुनिया में बाजों की 1500 से 2000 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से सभी एक दूसरे से रंग और रूप में भले ही अलग होते हैं लेकिन उनकी ताकत और फूर्ति बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है पर फिर भी उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके सीने पर धब्बेदार आकृति होती है जो सभी में मौजूद होती है आप यह देखकर चौक जाएंगे कि बाज केवल कबूतर जैसे छोटे पक्षियों को नहीं बल्कि अपने वजन के बराबर खरगोश का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते और थोड़ी सी मशक्कत के बाद ही उसको अपना शिकार बना लेते हैं जो वाकई तारीफ काबिल है अब हम आपको बता दें कि बाज केवल आकाश में ही नहीं उड़ते अपनी ताकतवर मजबूत पेड़ों की मदद से वे जमीन पर भी बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं बाज को जब बच्चों को जन्म देने का समय आता है तब वह अपना घोसला अन्य पक्षियों की तरह केवल पेड़ पर ही नहीं बनाते बल्कि अपनी ताकत के नशे में चूर यह पक्षी पहाड़ों चट्टानों झाड़ियों या कभी कभी तो यह जमीन पर ही अंडे दे देता है जो उनके लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है क्योंकि जमीन पर पड़े अपने अंडों की रक्षा के लिए उन्हें दिन रात अंडों के पास ही रहना पड़ता है और दोनों माता पिता अपने अंडे की रखवाली बारी बारी से करते हैं अगर बात करें इनके औसतन उम्र की तो इनकी औसतन जीवन काल सत्रह वर्ष के आसपास होता है यह अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका के बेहद ही ठंडे होने की वजह से यह वहां सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं तो दोस्तों यह थी धरती पर सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी बाज की कहानी ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद